हेलो फ्रेंड आप लोग को मूवी देखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपके व्हाट्सअप पे मैं मूवी सेंड करूँगा और इसके लिए आपको लास्ट तक देखना होगा लास्ट ही, ही में मैं अपना नंबर सेंड करूँगा